हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं अगर ये सेटिंग आप अपने चैनल पर नहीं करते हैं तो इससे आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाती है और जब तक आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक नहीं पहुँचती है तब तक आपकी वीडियो पर व्यू नहीं आते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूँ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये सेटिंग कर लेते हैं तो ये सेटिंग करने से आपकी YouTube वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच जाएगी और आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यू आने के चांस बढ़ जाएंगे तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना मैं आपके लिए YouTube से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली सेटिंग में आपको बता देता हूँ तो जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो वीडियो आपको अनलिस्टेड करके अपलोड कर देना है और अनलिस्टेड करके अपलोड करने के बाद आपको YouTube स्टूडियो में आ जाना है मतलब आपको क्रोम ब्राउजर वाले YouTube स्टूडियो में आ जाना है तो अब मैं आपको YouTube स्टूडियो की वो सेटिंग बता देता हूं तो YouTube स्टूडियो में आने के बाद आपको यहाँ पे टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन ये सब लगा देना है तो टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन के बारे में तो आपको पता होगा इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ टाइटल टेक डिस्क्रिप्शन लगाना तो आपको आता होगा लेकिन YouTube स्टूडियो में आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलता है तो आपने अपनी वीडियो की लैंग्वेज को इंग्लिश पर सेट कर रखा होगा लेकिन आपको वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश पर सेट नहीं करना होता है आपको यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं। तो आप जिस किसी लैंग्वेज में वीडियो अपलोड करते हैं आपको वही लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है तो मेरी जो वीडियो होती है वो हिंदी में होती है तो मैं वीडियो की लैंग्वेज को हिंदी पर सेट करता हूँ तो वीडियो की लैंग्वेज सेट करने से यूट्यूब का एल्गोरिज्म आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक पहुंचा देता है उसके बाद आपको यहाँ पे साइड में वीडियो की लोकेशन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है तो जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं लेकिन अगर आपने अपनी कोई वीडियो दिल्ली से अपलोड की है मतलब आपने अपनी वीडियो में दिल्ली की कोई जगह दिखाई है तो आपको अपनी वीडियो की लोकेशन उसी हिसाब से सेट करना होता है तो अगर आप अपनी वीडियो में दिल्ली की कोई जगह दिखाते हैं तो आपको लोकेशन में भी दिल्ली ही डालना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं तो आपको यहां पे एक और ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्डिंग डेट के नाम से तो जिस तारीख को आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं वो तारीख आपको यहाँ पे डालना होता है तो यहाँ पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग डेट डालना होता है तो ये रिकॉर्डिंग डेट डालने से भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है तो जब भी आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपनी वीडियो में रिकॉर्डिंग डेट जरूर से डालना है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का एक ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ पे आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है तो आप जब भी YouTube पे वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अपनी हर वीडियो की कैटेगरी को जरूर से सिलेक्ट करना है जैसे आप गेमिंग वीडियो बनाते हैं तो आपको गेमिंग कैटेगरी सेलेक्ट करना है और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना है मतलब जिस कैटेगरी पर भी आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो अपलोड करते टाइम आपको अपनी वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट जरूर से करना है वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट करने से आपकी वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंच जाती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है तो यहाँ से आपको अपनी वीडियो का लाइसेंस सेलेक्ट करना होता है तो वीडियो का लाइसेंस बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पर सेट होता है तो आपको इसको स्टैंडर्ड इस यूटूब लाइसेंस से हटाकर क्रिएटिव कॉमन एट्रिब्यूशन पर सेट कर देना है तो क्रिएटिव कॉमन जो वीडियो होती है उसको यूट्यूब खुद प्रमोट करता है और आप अपनी वीडियो का लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन पर सेट कर देते हैं तो आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यू आने के चांस बढ़ जाते हैं मैं अपने YouTube चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उस वीडियो का लाइसेंस मैं क्रिएटिव कॉमन पर ही रखता हूँ तो इस वीडियो में मैंने आपको जो जो सेटिंग बताया है तो ये सेटिंग आपको अपने YouTube चैनल पर ज़रूर से करना है इन सेटिंग को करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आपकी वीडियो पर ज़्यादा व्यू आने के चांस बढ़ जाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी